अरे हो तुम तुम्हारी जरूरत है पड़ी है तुमको पता है मेरे डीटीएच का सिग्नल चला गया है। चलो सेट कर दो तुमको मैं लेने आया हूँ मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त चलूंगा कौन सी शर्त है तो तुमसे मैं पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें गलत देना है ठीक है मैं तैयार हूँ तैयार होना हाँ पाँच मिनट रुको मुझे अपना औजार ले दो जल्दी करो क्यूँकी सात बजे नागिन आता है और मेरी बुढ़ी माँ बिना नागिन देखे खाना नहीं खाती और उसके पहले अगर नागिन देख देख के उसका मुख बीन जैसा हो गया है लेकिन वो नहीं देखेगी तो मुझे बहुत मारेगी इसलिए जल्दी करो चलो चलते हैं ताकि तुम्हारी नागिन के चक्कर में खुण ले। चलो आओ हमारे हम दूध पे बैठो और चलते है मैं साथ चल रहा लेकिन मेरी कहानी बिना कुछ बोले शांति के साथ सुनना पड़ेगा मैं तैयार हूँ और मुझे आपकी शर्त मंजूर है बहुत साल पहले जब टीवी पर सनी देओल का मूवी आता था पाँचों को नौ बार मारूंगा, तीन दिन तक मारूंगा। अरे गलत लाइन है इसे थोड़ी बोलता है वो बोलता है को साथ को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा घर में घुस के मारूंगा मैं चला तुम्हें सही जवाब दिया अरे यार ये मैंने क्या कर दिया तो क्रीज की तरह भाग के लंगूर की तरह पेड़ पे चढ़ गया। हेलो चलो यार मैं इस बार पक्का कुछ नहीं बोलूंगा पक्का? अरे हाँ पक्का कच्चा पापड़ जो है सब मैं कुछ नहीं बोलूंगा चलियो महाराज चलो बैठता हूँ हाँ। बैठो, बैठो, बैठो, बैठो, बैठो, बैठो। चलो वरना नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ जल्दी टपक जाएगी टपक जाए उसको। अरे नहीं उसको बहुत जरूरी है नागिन दिखाना कहानी सुनो सुनाओ एक बार एक गाना आया था कौन सा तुम दिल की धड़कन में रहती हो जब दिल में रहती हो किराया भाड़ा कौन देगा तुम्हारा बेगा बहुत पलब उससे एक व्यक्ति कह रहा था आप बहुत बड़े साम्राज्य के बहराजा लग रहे हैं लेकिन आप तो हमें चूतिया और लंगूर लग रहे हैं बात तो ये सही कह रहा है वापस जाऊंगा तो इसको शक हो जाएगा और नहीं जाऊंगा तो मेरी बात गलत हो जाएगी एक बार और चूतिया बन लेता हूँ देखो देखो ओ, ओ, देखो देखो ये भागम भाग पकड़ पकड़ाई बंद करो ये बताओ मेरे साथ चलोगे की नहीं अगर नहीं चल रहा है तो ये भी बता दो तुमको बोराम भर के बांध के घिसरा घिसरा के ले जाएंगे यहाँ से समझे माँ के पास और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है क्योंकि मुझे भय चराने जाना है गांव के लवंडे और छोरियों के साथ और मेरी बूढ़ी माँ को नागिन का बदला देखना है मैं नहीं जाऊँगा मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ चलना तो पड़ेगा तुम्हे या तो तुम्हारे बाप को या तो हमारे साथ या तो हमारे कंधे आरोप मैं भी देखता हूँ कब मुझे यहाँ लेके जायेगा ऐसे नहीं चलेगा मुझे तेरी इतनी हिम्मत बड़ों पे हाथ उठाता है अब ब्रह्मा बाप ले ब्रह्मा का का बाप बाप बाप मुझे क्या? तुम्हारा बाप भी चलेगा? अब मैं जा रहा उसके साथ। तुमने मेरे बम पे मार के ना मेरा राकेट टेढ़ा कर दिया है अब मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते मेरे हाथों से तुम्हे कोई नहीं बचा सकता अरे अरे कहाँ भाग रहे हो अरे मेरे बूढ़ी माँ का क्या होगा अरे मेरे सिग्नल का क्या होगा बूढ़ी माँ मुझे बहुत डांटेगी अरे तो घर की तो बोध कब हो जाएगा अरे तुम क्या बोल रहे हो अरे